होता है तो हेलो गाइस कैसे आप लोग आयो सब बढ़िया होंगे बढ़िया होने चाहिए तो आज है अपना पहला रोज़ा और आज है ट्वेंटी फोर्थ और यह ब्लॉग कब आएगा मुझे आईडिया नहीं क्योंकि मैं जितने भी ब्लॉग शूट करता हूँ ना मुझे पता नहीं था और आज सबसे बुरी बात यह है कि लाइट चली गई देख रहे हो मैं यहाँ टॉर्च ऑन करके मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और क्या एक मिनट तो मैं क्या बोल रहा था अपना आज पहला रोज़ा है और मैंने रात में मतलब पूरा जो है ना ना शहरी बोलते हैं न शहरी में रात में खाया उसके बाद में सो गया मतलब बोलते हैं ना हम लोग में दुआ पढ़ते हैं जो जो मुस्लिम होंगे उनको पता होएगा हम लोग नियत करते हैं दुआ पढ़ के फिर उसके बाद ही मतलब रोज़ा माना जाता है मैंने खाया दो पराठे खाए चाय पिया और दही हुई खा के सो गया मैंने मैंने पूरे मोड़ से उठा था कि मुझे सुबह रोज़ा रहना है तो मैं वो सोच के मैंने उठा था पर बाद में क्या होगा नींद आई तो मैं सो गया उस चक्कर में नहीं कर पाया अभी जाना है राशन लाने और मैं शाम को साढ़े बजे सूट कर रहा हूँ तो अभी जाते हैं राशन लाते हैं क्या क्या है खाने में क्या क्या पाने पक्के का हम वो दिखाता हैं चलते हैं भी राशन लाने अभी हम लोग आ गए यहाँ पे राशन लेने के लिए और अभी राशन लेते मतलब ऐसा आज पहला रोज़ है ना तो उसी हिसाब से हम लोगों ने कुछ प्लानिंग ही नहीं की थी और अभी प्लानिंग की तो अभी मतलब एक ही बार में पूरा पर्चा बना के लेके आगे और वो राशन लेते और उसके बाद राशन दिखाते हो कितना बहुत बड़ा पर्चा है कम से कम चार से पाँच हज़ार का मतलब खर्चा आ रहा है चार से पाँच हज़ार का तो दिखाते हो अभी आपको और और हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ जानवे अभी घर पे चलूँगा तो ही बता पाऊँगा और मैं शाम को ब्लॉग शूट स्टार्ट कर रहा हूँ मतलब ब्लॉग शूट कर रहा हूँ शाम को भी तो सोच रहे और स्टोरेज क्योंकि अभी देखो मेरे को कैसा था ना मैं जो पिछला ब्लॉग था उसको पूरा एडिट करके फिर उसके बाद से जो है मैं उसके बाद ही मैंने पूरा डिलीट किया और उसको डिलीट करने के बाद अभी मैं दूसरा ब्लॉग शूट कर रहा मतलब मेरा फ़ोन स्टोरेज एकदम फुल हो गया तो मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में बोला ना कि जो है अपने को नया फ़ोन लेना है तो से आप कमेंट करके बताओ कैसा है एक बार आप भी सर्च कर लो और एक और चीज़ मुझे जानना था कि कौन कौन मेरा ब्लॉग देखता है अपना अपना नाम एक बार मुझे कमेंट में बता दो जो जो मेरा ब्लॉग देखता है और कमेंट कैसा मुझे जानना है कि कौन कौन से नाम से मेरे ब्लॉग देखते हैं कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मेरा ब्लॉग देखते हैं एक बार कॉमेंट करके मुझे बता दो कौन कौन देखता है तो अभी आपको दिखाता हूँ राशन की शॉप पर कैसा भीड़ लगा हुआ है पूरा राशन का दुकान है और यहाँ पर बहुत भीड़ लगा हुआ है अंकल सामने आ जा रहे है ये देखो और ये पूरा मार्केट इधर पे पूरा मार्केट है यहाँ पे और अभी राशन ले रहे फिर चलते हैं घर पे सुबह अभी इतना सामान लेके आ गए आए ना सब कुछ देख लो पूरे महीने का एक ही बार में राशन ले आए चलो चलते हैं अभी फटपट से दूसरा भी राशन लाना है ये पर्ची है इस पर ले भी चलना है पैसे सौ तो और उर्दू अफजा कितनी है पूछ ले पहले सौ साठ का बहुत कम करें एक रेट यहाँ पे दिखा रहे थे पर रेट है ही नहीं शीशे का थोड़ी ना नीचे रहेगा इतनी ज़्यादा टूटी थी अभी फाइनली बन गई है देख लो ये चेक करो टायर में पूरा चिपक रहा है इसे चलने पे क्योंकि अभी नया नया बना है ना लोग प्रोजेक्ट बना रहे और यहाँ पे आग लगा रहे और इधर से धुआं निकल रहा है मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इतने छोटे छोटे बच्चे लोग प्रोजेक्ट बना रहे इस से एरिया में रह गए और आने वाले टाइम में जो है इंडिया को आग लगाएंगे ये तो देख लो एक मिनट हाथ है नाराज देखना नीचे आग लगाया है बरबर धुआं बर। यहाँ से निकल रहा है यहाँ पे मोटर है मोटर निकाली बनाया और इधर पे बैटरी लगाया है अगर कोई और बना रहे तो एक बार बना के मुझे वीडियो मेंशन करो फोन ऊपर आना भाई ये भाई ये। ए पवन ऊपर आना इधर इधर किसका भी ऑन